और अब बात मीडिया की मध्य प्रदेश के चर्चित आंचलिक पत्रकार डॉक्टर नरेंद्र अजरिया की छठवी किताब भारत की आंचलिक पत्रकारिता और बुंदेलखंड जल्द बाजार में आ रही है इससे पहले नरेंद्र अजरिया महाकालिका शिवधाम सरसेड़ कोरोना राजनीति पलायन और मीडिया स्ट्रिंगर बुंदेलखंड के गौरव नाम की किताब लिख चुके हैं टीकमगढ़ निवासी नरेंद्र अर्जरिया ने हरपालपुर में देश अखबार से पत्रकारिता आरंभ की और उसके बाद नूतन सवेरा जनसत्ता दैनिक जागरण अमर उजाला सी वोटर और शुभ भारत में काम किया नरेंद्र जरिया ने सारा समय से टेलीविजन पत्रकारिता में कदम रखा और वहाँ भी बुंदेलखंड इलाके से बेहतरीन खबरें की इस दौरान उन्होंने विधिवत पत्रकारिता की पढ़ाई जारी रखी और 2019 में पीएचडी की उपाधि हासिल की नरेंद्र को बुंदेलखंड के हर मसले पर महारत हासिल है और उनका ज्ञान किसी राजधानी में बैठे पत्रकार से कम नहीं है सहारा में एक लंबी पारी आपने स्टिंगर के रूप में पूरी की और स्टिंगर की परेशानियां और उनकी मनोदशा को समझा और अपनी किताब में उकीरा जिला स्तर पर काम करने वाले आंचलिक पत्रकारों के लिए डॉक्टर नरेंद्र अर्जरिया किसी मिसाल से कम नहीं है कठिन संघर्ष के बाद अर्जरिया को ये मुकाम हासिल हुआ है उनकी नई किताब की तमाम लोगों के साथ मुझे भी प्रतीक्षा है वर्तमान में डॉक्टर नरेंद्र अर्जरिया ए पब्लिक ऐप और एन ऑनलाइन के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं